बात बोली जा बोलो ना गुस्सा नहीं ना, ना काहेला गुस्सा कम हो करे जा हमारा शादी सेट हो गए अरे <laughs> <laughs> और दिखाइए शादी सेट हो गए सजन हो हम का करे शादी सेट हो गए तो दूसरा के बनिए हो ए त तो हिसाब से बात कर अरे तारा से नाम मिले आ सकत तब देख तू झूठ बात मत की सच बात पर बता ना देख सुन खिसिया मत तुम तो सच कहत देख तू हमरा आंख में आंख मिला के देख हम तक आए परहता हम तोरा से मरते दम तक प्यार कर ले मरते दम तक कर बात मानो हमर मत खिसे अब हमर शादी सेट हो गइल बा का कर सकत तो तार शादी सेट हो गइल बा देखो बात याद रख ले तोरा सइयो के तोर नानी के तो चाचा के सब के करी हम तोरा घर जाके नाइ <laughs> calling... बात मानो तू काहे ऊइसे मानी चल तोरा घर हम का करत हने बात के समझल कर ना समझत सारे के कुठा फारे देखो भाई प्यार में धोखा मौत दियो जतय एगो लड़का गोराइल बतौ हिदवा के तू कर छोरू करू साई हमारा हम के तू करो तारू सा से मिले जरूर हम आई बुरे बजाई बुरे दादा दाई तार के बजाई बुरे मौसा, के तो <laughs> मरवा में आएगा किसी से ना डरेगा तू चार गोली इसको सीने में ठोकेगा मरवा में आएगा किसी से ना डरेगा तू चार पिस्टों के गोली मार ठोकूंगा बाबा शहीद आलम ना सबके सामने हर हर हर शहीद दोनों दोनों <laughs> अच्छा अच्छा ठीक